बसमल रहीम आज हम आपको बतलाएँगे शोहर के हुकूक देखें सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि आज की हमारी वीडियो दूसरी है जो हम शोहर, शोहर के हुकूक बतला रहे हैं या शौहर के हुकूक के बारे में बातें कर रहे हैं देखें पहली चीज़ यही समझ लीजिए कि शौहर अल्लाह की बहुत बड़ी न्यामत है शौहर बहुत अजीम न्यामत है देखो आज हमें इसका अता पता नहीं चल रहा कि ये हमारे लिए नामत है या नहीं है। हम तो बहुत सारी औरतें तो ये समझती हैं कि पता नहीं ये धरती के बोझ होते हैं क्या होते हैं हमें इसका नौकर बना दिया जाता है नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं समझना आपको वो शौहर आप अगर किसी और कंट्री में जा देखेंगे या किसी और मज़हब में जा देखेंगे जो के बिल्कुल उनका फैमिली सिस्टम ख़राब हो चुका है आप वहाँ देखेंगे वह कैसे चाहती हैं कि हमें भी एक शौहर मिल जाए लेकिन नहीं मिलता उनको वहाँ वो कैसा मर्द मिलता है जो उनकी ख्वाहिश और वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है और छोड़ के चला जाता है उनके यहाँ ना तो शौहर का पता है ना ही उनके यहाँ कोई उनका मर्द का पता कुछ नहीं मेरे भाई यही हमारे लिए नमत है शोहर जो हमारी हिफाजत करता है जो हमारी हर ज़रूरियात का ख्याल रखता है देखें हमारे लिए शौहर बहुत बड़ी नमत है इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदे का हुक्म दिया जाता तो वो शौहर होता बताओ शौहर की कदर व कीमत एक बेबा औरत से पूछो ज़रा इसलिए कि शौहर उसकी इज्जत की हिफाजत करता है वो उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है उसकी हर तकलीफ में उसका साथ देता है शौहर औरत और बच्चों को खुश रखने के लिए खून पसीना एक एक करके दिन भर कमाता है दिन भर मेहनत और मजदूरी करता है शोहरत के शोहर की इज्जत का मदार सिर्फ पैसे नहीं है, क्योंकि एक सच्चे साथी की पहचान यही होती है कि वो माल दौलत को शायद ही उसके कदमों में ना डाल सके ना डाल सकता हो मगर हर तकलीफ में उसका साथ दे सके और शोहर उसके बदले सिर्फ दो ही कामों का मुतालबा करता है बच्चों की अच्छी परवरिश और शोहर की ताद जब शोहर घर में थका हुआ पहुंचता है शाम को तो बीवी की एक मुस्कुराहट उसकी सारी की सारी थकान को दूर कर देती है अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर फजीयत और फोकियत दी है उसकी वजह ये कि मर्द औरत से पैदाइशी एतबार से कबी और ताकतवर है उसका जिसम थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर है औरत और की नस्बत ज़्यादा इंतज़ामी सलाहियतें रखती हैं औरत क्या है कुछ इंतज़ामी सालाहियतें औरतों के अंदर होती हैं तो वो शोहर अपने आप को मेहनत और मशक्क़त में डाल कर माल कमा कर औरत पर खर्च करता है इन खूबियों के बास मर्द को औरत पर फजीलत और बर्तरी हासिल है जैसा कि अल्लाह तुद कहते हैं अलजाल कौामसा औरत शोहर के लिए अमन सुकून का गहवा है नेक बीवी शोहर के लिए अल्लाह त बड़ी अजीम न्यामत है एक हदीस में आप सल्ला वम ने फरमाया है कि दुनिया की बेहतरीन दौलत नेक बीबी है मर्द के लिए बी बीबी एक कीमती तोहफा है मर्द के लिए नेक बीवी बहुत कीमती तोहफा है खारिक कायनात का सबसे ज़्यादा कीमती पूरी कायनात का सबसे ज़्यादा कीमती अगर कोई तोहफा है नायाब तोहफा है तो वो है शोहर की मोहब्बत और गम के लिए शोहर को भेजा गया, गया। नेक बीवी का मिलना और उस पर जो भी मुसीबत और तकलीफ़ पहुँचे उस परम खुरी गम करना और शब्र शक्र शब्र शक्र करना यह है बहुत कीमती तोहफा इसी वजह से दोनों को एक दूसरे के हुकूक का पाबंद बनाया गया दोनों को ये नहीं है कि खाली औरत के ही ज़िम्मे शोहर के हुकूक हैं बल्कि शहर के भी औरत के जिम्मे हुकूक हैं ताकि दोनों दुख दर्द में शरीक हो सकें एक दूसरे का दुख दर्द बांट सकें और पूरी ज़िंदगी की ज़िंदगी चलती रहे राहत व आराम खुशी व मुसरत को आपस में तकसीम करके दोनों लोग ज़िंदगी की तमाम दुशवार गुजार मराहल को वो आसानी से तय कर सकें तो देखें बीवी पर शोहर का सबसे पहला और बुनियादी हक ये है कि वो शोहर की खिदमत गुजार हो शोहर का कहना मानती हो हर जायज़ मामले में शोहर की फरमाबरदारी करती हो यही उसकी नेक होने की दलील है क्योंकि अल्लाह तक औरत के बारे में फरमाता है कि नेक बीवियाँ अपने शोहरों का कहना मानती हैं उनकी फरमाबरदारी करती हैं रसूल सल्हल्म ने भी इर्शाद फरमाया जब औरत पांच वक्त की नमाज़ पढ़े रमज़ान के रोज़े रखे अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे अपने शोहर का हुक्म माने तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए सोचो ज़रा रसूलुल्लाह रसूल सल्लाम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जिस औरत को मौत ऐसी हालत में हो कि मरते वक्त उसका शो, उसका शोहर उससे खुश हो तो वो औरत जन्नत में जाएगी और आपका यह भी इर्शाद ग्रामी है कि अगर शोहर औरत को ये हुक्म दे कि इस पहाड़ के पत्थर को उठाकर इस पहाड़ पर ले जाए और इस पहाड़ के पत्थर को इस पहाड़ पर ला लाए तो उसको यही करना चाहिए इस हदीस पाक से हमें मालूम हुआ कि मुश्किल से मुश्किल दुशवार से दुशवार काम का भी अगर शोहर हुक्म दे हमें तो भी औरत को अंजाम देना चाहिए क्योंकि अंजाम देना चाहिए उसको करना चाहिए कि शोहर की फरमान की तकमील हो जाए बशर्ते के उसका काम हुक्म शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो बस क्या है काम जिस शोहर ने हमें जो भी काम हुक्म दिया है करने के लिए तो उसकी इतात हो जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद मुक़दस है कि अगर अल्लाह ताला के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो औरतों को वो हुक्म देता है कि वो अपने शोहरों को सजदा करें इस हदीस से पाक से मालूम हुआ कि शोहर की बरतरी को जानें और उसकी फजीलत और अजमत को जानें इसकी तज़ीम व तो़ीर करके दिल जान से उसके तमाम कामों को खुशी दिली से करें शोहर का हुक्म उसके हक में फ़र्ज है उसके हुक्म को माने हरगज़ उसके हुक्म के खिलाफ वर्जी ना करे कोई काम ना करे उसके हुक्म के खिलाफ तो मेरे भाई ख़ाविंद का एक हक ये है औरत के ज़िम्मे दूसरा हक़ यह है कि बीवी खाविंद के माल जायदाद और अपनी शर्मगा की हिफाजत करे और शोहर की इजाज़त के बगैर उसका कोई सामान किसी को ना देजूर सलील वसलम से अर्ज़ किया गया कौन सी औरत बेहतर है फरमायाबोत जो खावि जब खाविंद कोई हुक्म दे तो उसकी तकमील करे उसको देखे तो खुश हो जाए अपने माल जान में से उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना चले उसे ना पसंद है तो मेरे भाई ये औरत क्या है बहुत बेहतरीन औरत है जो क्या करे शोहर की इजाज़त के बगैर उसका सामान किसी को ना दे। तो खाविंद का दूसरा हक ये भी है कि अपने शोहर की ईबत ना करे वो अपने शहर की जगह जगह जाकर गीबतें ना करें जो आज हो रही हैं ना वो औरतें उनके घर पहुँचती हैं तो वो अपने शहरों की बुराइयाँ वो ये ना करें शोहर की गईबत ना करें दूसरी औरतों के सामने उसके ऐप को ज़ाहिर ना करें उसमें से उसमें क्या होती है शोहर की ना शुक्री है जो अजीम गुना है जो बहुत बड़ा गुना है रसूल सल्लम ने इशाद फरमाया मुझे दोजख दिखाई गई तो उसमें ज़्यादातर औरतें थीं औरतों ने कहा यार रसूल्ला ऐसा क्यों है आप सलील आल वम ने फरमाया ज़्यादा मलामत करने और शोहर की ना शुक्री की वजह से तो देखो मेरा भाई कितनी औरतें थी तो बीवियों को चाहिए कि शोहर की वो अपनी इतात करें उनका ख़्याल रखें उनसे उन चीज़ों का मुतालबा ना करें जो उसकी उनके पास ताकत ना हो उनके जिम्मे में एक बात बताना और भी चाहता हूँ कि सहाबियात चक्की पीसते पीसते हाथों में छाले पड़ जाते थे सहाबियात के चक्की पीसते पीसते हाथों में छाले पड़ जाते थे मगर वो शौहर से उसकी कभी भी शिकायत नहीं करती थी आज तो हर काम के लिए हमें सहूलियात फराहम हो गई हैं मगर औरत सुस्ती करती तो इतनी सुस्त हो गई है कि शोहर जब शाम में थका मानंद घर आता है तो एक गिलास पानी भी नहीं देती और ना ही खाना देती हैं बाज़ औरतें सोती रहती हैं और बाज औरतें टीवी में हमारे लगी रहती हैं आज मोबाइल चल गए तो मोबाइलों में तो पूरे पूरे दिन काटे जा रहे हैं मोबाइलों के चक्कर में नाफरमानियाँ भी होनी शोहर की तो शहर के आने का मेरे भाई ख्याल रखें जहन से निकल जाता है तो मेरे भाई शोहर जब भी आए उसको फौरन खाना दें वो जो कहे उसके हुक्म की तकमील करें ये हमारे ज़िम्मे उसके हुकूक बनते हैं और अगर आप इसी तरीके से लेट ही रहेंगे जब वो काम करके घर पे आएगा तो उसके दिल में बड़ी तकलीफ़ होती है दर्द पहुँचता है इस तरीके से अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे देखो ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप किसी के घर यादत के लिए गए और वहां के लोग आपको पूछकर भी नहीं देख रहे हैं तो आपको क्या महसूस होगा आप वहां एक मिनट तो दूर की बात है एक सेकंड भी नहीं रुक सकते वहां से आते ही आपको वहां से आते ही आप कहेंगे कि उनके यादत के लिए गए थे मगर पूछने वाला कोई नहीं और आप वहाँ दोबारा हरगीज़ नहीं जाएँगे बिल्कुल ऐसे ही शौहर जब घर आता बीवी उसका इस्तेबाल नहीं करती तो शोहर को कितना गुस्सा आएगा कि उसी की खातिर सुबह से शाम तक मेहनत करता है मेरा ख्याल रखता है और कैफियत तक वो दरियाफ्त नहीं करती उससे पूछती नहीं है। याद रखो मेरी माओं और बहनों जो औरतें शोहर की इज्जत नहीं करतीं। उनका अदबोराम करती याद रखना उन पर अल्लाह की लानत बरसती है अदाब इलाई से बचने के लिए शोहर की कदर व कीमत को पहचान लो उनकी इज्जत करो उनको खुश रखो क्योंकि उनकी इताद करके उनको खुश करके आप जन्नत को पा सकती हैं और नाराज़ करके दोजत को पाती हैं आज दुनिया में फितना फसाद बेशुमार बुराइयों ने जन्म ले लिया अदालतों में अक्सर बेशतर मुकदमात का ताल्लुक शोहर और बीवी के दरमियान झगड़ों से होता कुरान हदीस के वज उ और बे मिसाल तरीक़ सुनत को बयान करने के बाद चाहिए तो ये था कि आपस में इतिहाद और इतफाक़ और क्या रहे मोहब्बत रहे एक दूसरे के हकूक को समझें शोहर अपनी बीवी को शरीक हयात समझें और बीवी अपने शोहर को अपना हमदर्द और सच्चा साथी तस्वुर करे एक दूसरे की कदरदानी और ही जिंदगी का सही रुख हो सकता है ज़ाहिर बात यह है कि जहाँ मर्द औरत एक तवील ज़िंदगी एक साथ गुजारते हैं वहाँ बहुत सी नागवार खुशगवार बातें भी पेश आ सकती हैं लेकिन उस वक्त में हमें क्या करना है सब्र तहमुल से शब्र शुक्र करके काम करना हमें इस बेहतर से बेहतर ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाया जा सकता है तो माशरे और समाज की बेहतरी की बुनियाद ये है कि शोहर और बीवी के तल्ल हमारे क्या रहे है? बेहतर रहें आपसी तल्ल के बेहतर ना होने से औलाद पर बुरे असरात भी पड़ जाते हैं तो ये बात याद रखें ख़ास तौर तो और पर औरतों को इस सिलसिले में मुसबत अंदाज करने की ज़रूरत है और मैं आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम औरतों को नेक तौफीक दे के वो शोहरों की इतवाद करे और उनकी खिदमत करें और उनका ख्याल रखे आमीन